एन 19 हाईवे पर लेकर आए बड़े बेहतरीन साइट ऑन रोड पे ये, ये मथुरा रोड दिल्ली से मथुरा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप कंपनी और एमडी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी लेक आए हैं बड़े बेहतरीन रेजिडेंशियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल अप्रूव सेक्शन एक सौ तैतालीस तहत बाय के तो रेजिडेंट तो। सारी है, तीज़ तीज़ के है। हर साइज में प्लॉट्स अवेलेबल हैं। बारह हज़ार रुपये गज का रेट है यहाँ पे कंपनी डिस्काउंट करके साढ़े आठ हाँ के हिसाब से दे रही है टू साइड ओपन नौ के हिसाब से